मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे पास चलो खेलो मेरे आओ मेरे पास चलो चलो खेलो खेलो खेलो खेलो खेलो साथ, साथ, साथ। साथ, साथ, आओ मैं मै शानी में, में सबसे आगे क्यों सारे मुझे देख के कहते ke kehte chhota करूं बड़े सारे लोग मुझे डांटने को खड़े मैं दिन भर मस्ती करके बिता दूंगा गिनती न करू कितनी बार डांट पड़े मैं शैतान बच्चों की लिस्ट में में टॉप, मेरी फैमिली लोग थे और एक डॉग मुझे सबसे है प्यार मेरा ये परिवार मेरे छोटे से घर पे बिताओ दिन चार पर मिले पागल का तुम्हें डोस लड़कियाँ देख के मैं कर लेता मौज एक्शन ड्रामे देखूंगा टीवी पे उसके जैसा करू मैं बिलाफ में मैं मैं मैं मैं मैं में में में सबसे सबसे आगे आगे क्यों क्यों सारे सारे मुझे मुझे देख देख के के कहते कहते स्कूल में दोस्त मेरा है एक गजामा मुझे पसंद उसकी बात लगाना साथ में हम खेले नए नए मस्ती करने का ढूंढे बहाना मेरा एक्शन काम में का सपना को प्यार से रखना प्यारो सताओ मसाऊ को मैं पूछें ना कैसे बंद करू बहना आओ सारे अब हम करें फन। जब तक ना ना ना भर जाए मन रोने सोचो तुम बात है ना। अब तुम्हारे संग मैं मैं में, मैं शैतानी सबसे आगे क्यों सारे मुझे देख के कहते मैं मैं शैतानी में मैं सबसे आगे जो सारे मुझे देख के कहते